करते हैं अच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूँ मैं अपना पर्चे बता दूं, मेरा नाम संजीव है मैं यूपी से हूँ मैं वीडियो अपने गांव के बाग में से शूट कर रहा हूँ अपने मोबाइल से देख रहे हैं ये मेरे गांव का नज़ारा है बाग का बगल में खेत होते आप लोग से आशा है उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें थैंक यू